<ख़ागा> वीडियो लाइक <ख़ाँगा> <ख़ाँगा -गाँ> कर दी। तेरे रे प्यो नौकर लगे मैं तेरी देख चिंदिया बेटा आज से नवरात्रा स्टार्ट हो गये और तुझे पूरी रात जगराता करना है इसलिए मैं तेरे आंखों में बी वाला काजल लगा रही हूँ मम्मी आंखों में चुभ रहा है कोई दूसरा वाला लगाओ अच्छा दूसरा वाला लगाऊं, रुक जा ले लेकिन का मंगाया है स्पेशल पास वाले पेड़ से ही तोड़ा है इससे आँखें तेरी लाल रहेंगी लगे मैया तुझे मेहरबान है बोलो जय माता दी